असमय ओलावृष्टि और बारिश के कारण मध्य प्रदेश के कई इलाकों में किसानों को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है फसल बर्बाद होने से किसान परेशान हैं ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कलेक्टर को तत्काल किसानों के नुकसान का सर्वे करने को कहा और उन्होंने कहा किसान चिंता ना करें सरकार उनके साथ है एमपी के तमाम किसान ओलावृष्टि और बारिश का शिकार हुए हैं उनकी फसलें बर्बाद हो गई है ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा मैंने तत्काल सर्वे के निर्देश जारी कर दिए थे अब सभी जिलों में जहां नुकसान हुआ है वहां सर्वे का काम चल रहा है पूरा अमला लगा हुआ है किसानों से मैंने उस दिन भी कहा था मैं फिर अपने किसान भाई बहनों से कह रहा हूं जिनका नुकसान हुआ है वो चिंता ना करें मैं साथ हूं सरकार साथ है सर्वे के बाद आरबीसी बी छह चार के अंदर राहत की राशि और फिर फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी पिछले दिनों कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के कारण असमय बारिश के कारण नुकसान हुआ है मैंने तत्काली सर्वे की निर्देश जारी कर दिए थे बैठक भी ले ली थी कलेक्टर से मैंने चर्चा भी की थी अब सभी जिलों में जहां नुकसान है और जिलों में भी जिन क्षेत्र में नुकसान है वह सर्वे का काम चल रहा है पूरा अमला लगा हुआ है किसानों से मैंने उस दिन भी कहा था मैं फिर अपने किसान बहनों भाइयों से कह रहा हूँ जिनका नुकसान हुआ है वो चिंता ना करें। मैं साथ हूँ सरकार साथ है सर्वे के बाद 64 के अंतर्गत राहत की राशि और फिर फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं